हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि Google Translate कौन कौन से नए लैंग्वेजेस को ला रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सो so, जैसा कि आप जानते हैं कि Google जो है हमेशा नए नए इनोवेशन करते रहती है और जो है कुछ दिन पहले जब Google अपना अपडेट्स कर रही थी गूगल ट्रांसलेट में तो काफ़ी सारे नए लैंग्वेजेस को भी जोड़ रही है कहा जा रहा है कि 25 नए लैंग्वेजेस को गूगल ट्रांसलेट ने जोड़ा है जिसमें कि संस्कृत भी है जैसे कि आप देख सकते हैं संस्कृत है भोजपुरी है दोगड़ी है और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस को जोड़ा जा रहा है तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा लैंग्वेज जोड़ा जा रहा है और उसका जब नया अपडेट आएगा तो कब हमें ये सब लैंग्वेज को देखने को मिलेगा अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है जिससे क्या यहाँ असमीज जोड़ा जा रहा है असमीज नदरन ईस्ट इंडिया में इस्तेमाल किया जाने वाला लैंग्वेज है 25 मिलियन लोग इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करती है भोजपुरी है जो कि नदरन इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है पचास मिलियन लोग उसको इस्तेमाल करती है इसके बाद हम लोग और देखते हैं कौन से लैंगवेजेज है और हमारे पास है संस्कृत संस्कृत लैंग्वेज जो कि हज़ार लोगों के द्वारा किया जाता है और हाँ ये काफ़ी अच्छी बात है कि गूगल ट्रांसलेट में अब संस्कृत लैंग्वेज भी आएगी खासकर उन लोगों के लिए जो लोगों को संस्कृत में होमवर्क मिलता है और वो लोग करने में नाकाम होते हैं सो गूगल ट्रांसलेट का वो लोग लो इस्तेमाल करके ट्रांसलेसन को काम कर सकते हैं मे भी कि संस्कृत जो गूगल ट्रांसलेट ला रही है नेक्स्ट अपडेट में वो काफ़ी कारगर हो क्योंकि जिन बच्चों को होमवर्क होता है संस्कृत में ट्रांसलेशन करने के लिए तो उन लोगों का होमवर्क जो गूगल ट्रांसलेट से करेगा सो so, चलिए आपको अगर ये इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ थैंक यू वेरी मच